आयुष एज है ट्वेंटी सर ये नैक में मेरे यहाँ पे पेन है और करीब दो साल हो रहे हैं तीन ढाई साल हो रहे हैं और भी दिखा रखा है थेरेपी भी करा रखी है हुँ. कुछ खास आराम मिलना नहीं है मुझे ऐसा कभी नहीं होता कि नैक पेन इतना चले है ना यही कारण से चल सकता है कि आपने उसका इलाज मतलब मैंने दिखाया है ऐसे डॉक्टरों को मैं क्या सर फिजियोथेरेपी में उन्होंने पूरा वो जो मशीन वगैरह लगाते हैं वो कराया हुआ है उन्होंने जो मतलब लेजर और जो बाकायदा करते हैं वाइब्रेटिंग पैट वगैरह रहता है उनका मसाज वगैरह उन्होंने सब किया हुआ है उसके एक्सरसाइज भी की हुई है डॉक्टर को दिखाया था तो तो लिखी थी फिर दर्द आ गया दोबारा दिखाया जाके तो बोले आप एम आर आई करा लेर हो जाएगा मैंने ठीक है मैंने एम आर आई भी कराया तो उसमें उसमें नहीं हुआ और पहले मैंने सर यहाँ जमपुरा में डॉक्टर बैठते है शायद उनका पहले दिखाया था उनको तो उन्होंने सर वो... अच्छा वो के है उसको दिखाया था, था। नहीं। नहीं। तो मतलब जमपुरा में ही अंदर उनके क्लिनिक है तो उसमें दिखाया था आ, तो उन्होंने सर वो कुछ अच्छा वो ऐसा मतलब तो, तो उनोंने बताया, उनोंने कोई दवाई नहीं दी थी सर मतलब टाइट लगता फिर होगी लाग अब अब मुझे कलर एक्टली उसके, बाद, सर, फिर मतलब... वो उसके के बाद नहीं मतलब और फिर ये मेरे को ज्यादा होने लगी तो मैं थोड़ा देखा, मैंने थोड़ा सर्च वगैरह किया रिसर्च वगैरह तो उन्होंने बोला की वो पिलो लगाएकोट वाली पिलो आती तो सर मैंनेक सपोर्ट की पिलो ली वो उसका फायदा तो मिला लेकिन मतलब वो चीज खत्म नहीं हुई मतलब तो अभी भी पेन रहता है फिर क्या कहते हैं जैसे कि फिर पेन बढ़ने लगा तो फिर मैंने क्या कहते हैं मैंने कहा फिजियोथेरेपी ट्राई करते हैं तो फिजियोथेरेपी किया तो मैंने करीब एक महीना फिजियोथेरेपी करी तो पहले तो वो एक्सरसाइज कराई उन्होंने ग्रीन लोशन वगैरह लगाया मसाज की उससे फायदा नहीं हुआ तो उन्होंने और चीजें करने लगी धीरे धीरे ऐड करते हुए कि हीटिंग पैड लगा रहे हैं कूलिंग सिकाई भी कर रहे हैं फिर वो ठंड कूलिंग पैड उससे भी कर रहे हैं आइस पैक वगैरह से लेकिन सर वो कुछ फायदा नहीं हुआ तो बोले बार और ऑर्थोपेडिक तो को दिखा लें, तो नहीं। नहीं। उनको दिखाया तो फिर उन्होंने एम आर वगैरह सजेस्ट किया तो कि यह यहाँ पे ए सी एरिया में पेन होता है और मैं जैसे मेरी गर्दन इधर जाती है तो इधर कोई पेन फील नहीं होगा लेकिन जब मैं ऐसे करूँगा तो यहाँ पे साइड में पेन होने लगता है तो जैसे उन्होंने एमआरआई के लिए लटाया तो उसमें मूवमेंट वो कहते मना करने हिलने के लिए मना करते हैं जैसे 30-40 मिनट के लिए उन्होंने मशीन में लिटा दिया फिक्स करके एकदम जब मैं उठा तो इतनी तेज पेन हुआ मैंने कहा तो फिर मैंने डॉक्टर को बताया तो बोले अब इसका यही है कि आप एक्सरसाइज करते ही धीरे धीरे आप आराम हो जाएगा फिजियोथेरेपी भी, भी कराई तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर फाइनल अब आपके पास आए हैं सर काम तो वैसे बेसिकली अभी कुछ नहीं कर रहे हैं सर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो तो हाँ तो बैठने का हमारा है। सिविल सर्विस में इतना वेट लेके कोई <laughs> नहीं वेट वेट तो तो तो तो ज़रूर गया ये तो बात है। लेकिन है लेकिन एक्सरसाइज करना इसके। तो वेट करेगा? तो कर तो रहा नहीं नहीं मैं यहीं पे रह रहा हूँ पिछले दो ढाई साल से तो यहीं पे तो प्रॉब्लम शुरू हुई मैं यहीं दिखा देता पर बहुत बड़ी चीज नहीं है ठीक है सात से दस दिन के लिए लिख रहा हूँ मुझे ऐसा बिल्कुल विश्वास है किया ठीक हो जाओगे और ठीक होने के बाद दोबारा वीडियो बनाकर लोगों को दिखा देंगे जैसा होगा लास्ट सेशन है। ठीक है कोई सवाल हो पूछ सकते तो? तो सर मतलब अभी क्या होगा मतलब हमारी जो काय प्रैक्टिस होती है वो सारी चीज़ें करेंगे इसमें जिसमें कपिंग भी होगा नीडलिंग भी होगा एडजस्टमेंट भी होगा अब मैं तो मैं स... हाँ सर नीडलिंग भी करी हुई है उन्होंने मेरी सारी भी चाहिए ठीक है तो ये मतलब लगातार होगा सर टाइम है सर लगा जो ठीक है और टाइम तो लग, लग में छोड़ के घर यहाँ से मतलब गाजियाबाद पांच किलोमीटर है पहुंचने में तो इतना है आधा घंटा तुम बोलो कि ठीक भी हो जाओ भी नहीं मतलब मैं ये सोच के आया था कि मतलब चार पांच पाँच मेरे ख्याल से चार करो से करो तो तो जितना जितना कुछ कर उतना ठीक है क्या मतलब अगर है